नित्या, आज हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है क्या तुम खुश नहीं हो पता नहीं क्यों राहुल लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए वो पहले वाला प्यार नहीं रहा अब ये किसी और के लिए धड़कता है सब कुछ ठीक कर दूंगा नित्या मैं सब कुछ ठीक कुछ नहीं ठीक होगा राहुल छोड़ के मुझको जब तू जाए सांसों को मेरी सांस न शाम चैन न पाऊ क्या रिश्ता है समझ न पाऊ रिश्ता क्या तेरा जब तू मेरे करीब था एक वो पल था जब तू मेरे करीब था दिल से जुड़े थे धागे तू ही तो नसीब था मैनू का मेरे अब कोई कहा है जिक्र में मेरे है फिर क्यों बुए फासले तेरे मेरे में आ साजना ये बता रिश्ता क्या तेरा मेरा साजना ये बता रिश्ता क्या राहुल का हार्ट बहुत खराब हो चुका है इट्स डिफिकल्ट जुदा हुआ दिल तो वही पे खड़ा है तू जुदा हुआ तो वहीं पे खड़ा है। तुम से रूबरू होने की जिद पे अड़ा है तेरे आ जाने से फिर बारिश भी होंगी सुखी खा सच ख्वाहिशें भी होंगी आजा तू ही मिटा दे आके ये साजना ये बता निश्ता क्या